hello my dear children kaise ho aap sabhi i wish you all are very happy and having fun in your life welcome to my class again and it's class 2 chapter 7 about neighborhood services and today we are going to do question answers of this chapter so without any further delay let's come to the question answer and here are the question answers only four question answers you have in this chapter and one number question let's read what is a market bazaar kya hai answer market is a place where we buy and sell things bazaar aisi jagah hai jahan हम लोग चीज़ें खरीदते हैं और बेचते हैं क्वेश्चन नंबर टू वाट इज अस्पिटल हॉस्पिटल क्या है आंसर इज हॉस्पिटल इज अ प्लेस वे आर दिक एंड द इंजर्ड आर लुक्ड आफ्टर हॉस्पिटल ऐसी जगह है जहाँ बीमार और घायलों को देखा जाता है जहाँ पे उसका क्या होता है इलाज होता है क्वेश्चन नंबर थ्री वट इज अ फायर ब्रिगेड फायर ब्रिगेड क्या है आंसर अ टीम ट्रेंड इन फायर फाइटिंग फायर ब्रिगेड एक ऐसी टीम है जिसे ट्रेंड किया जाता है आग बुझाने के लिए फायर फाइटिंग आग बुझाना क्वेश्चन नंबर फोर वट इज अ पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशन क्या है आंसर अ पुलिस स्टेशन इज अ प्लेस वे आव पुलिस मैन एंड पुलिस वमन पुलिस स्टेशन ऐसी जगह है जहाँ क्या होते हैं पुलिसमैन होते हैं और पुलिस उमेन होते हैं सो चिल्ड्रेन आफ्टर वन वी हैव क्वेश्चन नंबर टू एंड दिस क्वेश्चन कम विथ समीड वट विल यू डू इन द फॉलोइंग केसेस यदि इस तरह का सिचुएशन आ गया या केस आ गया तो आप क्या करोगे तो किस तरह का केस लेट्स रीड इफ यू हैव कॉर्ट अ थीफ यदि आपने किसी चोर को पकड़ा हो तो आप क्या करोगे आंसर आई विल इन्फॉर्म द पुलिस मैन और पुलिस उमन इन दुलिस स्टेशन तो आप क्या करोगे मैं पुलिसमैन और पुलिस उमन को बताऊंगा कहाँ पर जाकर पुलिस स्टेशन में जाकर एंड सेकंड नंबर केस इफ़ यू हैव टू बाय सम फ्रूट्स यदि आपको फल खरीदना हो तो कहाँ जाओगे क्या करोगे आंसर आई विल गो टू द फ्रूट शॉप मैं फ्रूट शॉप जाऊंगा नेक्स्ट Your brother have fallen ill. है भाई बीमार पड़ गया क्या करोगे I will take him to the hospital. मैं अपने भाई को हॉस्पिटल ले जाऊंगा And next, you want to buy some postage stamp. आपको पोस्ट स्टैम्प खरीदना हो या डाक टिकट खरीदना हो तो क्या करोगे आंसर आई विल गो टू द पोस्ट ऑफिस मैं पोस्ट ऑफिस जाऊंगा जाऊँगा घर जाऊंगा एंड द लास्ट वन केस इज अ हाउस इन योर नेबरहुड कॉट फायर यदि आपके आस पड़ोस में आग लग गई तो क्या करोगे आई विल कॉल द फायर ब्रिगेड मैं फायर ब्रिगेड को कॉल करूंगा और बताऊंगा और फिर फायर ब्रिगेड आएंगे और वो आग को बुझाएंगे है ना थर्ड नंबर ट्रू और यहाँ पर जो ट्रू होगा उसमें ऐसा ट्रू का टिक लगाना है और जो गलत होगा उसमें क्रॉस का चिन्ह इस तरह का हमें चिन्ह लगाना है सो लेट्स रीड ए नंबर अ मार्केट हैज़ मैनी डिफरेंट सॉप्स बाजार में बहुत ज़्यादा अलग अलग दुकानें होती है इट्स ट्रू और फॉल्स येस इट्स ट्रू बी नंबर अ डॉक्टर हेल्प अ नर्स इन ह वर्क एक डॉक्टर नर्स को उसके काम में मदद करता है ट्रू और फॉल्स येस इट्स फॉल्स बिकॉज डॉक्टर नहीं नर्स डॉक्टर की मदद करती है सी नंबर अ फायर इंजन यूज्ड टू पुट आउट अ बिग फायर फायर इंजन क्या करता है बहुत बड़ी आग को बुझाने में मदद करता है इज इट ट्रू और फॉल्स यस इट्स true d number a policeman helps to keep law and order policeman madad karta hai kya dekhne mein hamare desh mein kanoon palan ho raha hai ya nahi use kaun dekhta hai policeman is it true or false yes it's true e number We can keep our things in a post office locker. हम लोग अपनी चीज़ों को पोस्ट ऑफिस लॉकर में रखते हैं इज इज ट्रू और फॉल्स एग्जैक्टली इट्स फॉल्स बिकॉज वी कीप आवर वैल्युएबल थिंग्स इन बैंक नाउ चिल्ड्रेन दिस इज फोर्थ एंड आवर लास्ट एक्टिविटीज ऑफ दिस चैप्टर इट्स प्लेस इन योर नेबरहुड आपको क्या करना है आपके नेबरहुड में जो जो प्लेस है उसे टिक करना है सो लेट्स रीड School, स्कूल है yes. Bank, of course bank भी है Post office. स पोस्ट ऑफिस भी हमारे नेबरहुड में है एंड पुलिस स्टेशन यस सिनेमा हॉल यस मार्केट ऑब्वियसली हॉस्पिटल यस बुक शॉप ऑफकोर्स यस फायर स्टेशन नो बस स्टेशन येस सो केर्स दिस वॉज ऑल वर्कशीट्स आई हैव टन फोर यू टूडे एंड आप लोगों को क्या करना है जस्ट नो डाउन ऑल द वर्कशीट इन योर फेक कॉपी बिकॉज यू वॉन्ट टू गेट हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड है ना तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको नेबर्स एंड नेबरहुड के बारे में पढ़ाया है एंड देन आफ्टर नेबरहुड सर्विसेज यू बोर्ड आई थिंक इट्स इसके तीन पार्ट है वो वाला वीडियो भी जरूर देखना ओके थैंक यू फॉर वाचिंग बाय बाय